इश्क की ऐसी खुमारी दे गया इश्क की ऐसी खुमारी दे गया दर्दों की जैसे उधारी दे गया अब मुँह उतरा उतरा सा रहता है मेरा अब मुंह उतरा उतरा सा रहता है मेरा मियाँ न जाने कैसी बीमारी लग गया